कटनी में युवा कांग्रेस द्वारा एल आई बचाने के लिए आंदोलन किया गया और सड़क पर ही धरने पर बैठकर मार्ग जाम कर दिया गया और अडानी समूह के खिलाफ नारे भी लगाए गए युवा कांग्रेस ने जेपीसी से जांच की मांग करते हुए कहा कि नियम विरुद्ध अडानी की कंपनी को लाभ पहुंचाया गया है उसकी जाँच की जाए भारतीय जीवन बीमा निगम व भारतीय स्टेट बैंक के अडानी समूह में निवेश से कई करोड़ों की आर्थिक क्षति पर युवा कांग्रेस ने नारा दिया की क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे युवा कांग्रेस ने कहा इससे पहले एल का नारा हुआ करता था जीवन के साथ और जीवन के बाद एल आई का साथ अब अडानी की कंपनी ने साबित कर दिया कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे युवा कांग्रेस ने जेपीसी से जांच की मांग की और कहा कि नियम के विरुद्ध अडानी की कंपनी को लाभ पहुंचाया गया है जिसकी जाँच की जाए भारतीय स्टेट बैंक और एल आई जो संरक्षण देती है देश की गरीब जनता को उसको निस्ता नबूद करने का काम नरेंद्र मोदी और देश के मोदी सरकार कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगपति मित्र अडानी समुदाय को ये फायदा पहुंचाने के लिए वो गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रही है एल का एक नारा हुआ करता था कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपने उद्योगपति मित्रों के साथ अडानी जी के साथ मिलकर उस नारे को बदल दिया है अब नारा हो गया है तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें